स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखा था इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सेकेंड पार्ट है उसमें जो नंबर्स गीवन है वो कौन कौन से सेवनटीन है ट्वेंटी है और ट्वेंटी है इनका हमें एच और एल ज्ञात करना है देखिए कि जो सेवनटीन है एक अभाज्य संख्या है मतलब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते यानी कि इसका जो वनखंड हो सकते हैं वो सेवनटीन ही लिखेंगे या फिर हम वन इंटू सेवनटीन लिख सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा क्लियर है ट्वेंटी थ्री है ट्वेंटी थ्री भी अभाज्य संख्या है इसलिए इसके भी टुकड़े नहीं किए जा सकते मतलब ये भी किसी और नंबर से विभाजित नहीं हो सकता इसलिए इसको भी हम वन इंटू लिख सकते हैं हम सिर्फ 17 भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ भी हम सिर्फ 23 लिख सकते हैं और इसी तरीके से सिमिलर तरीके से 29 भी ऐसा नंबर है जिसके गुणनखंड नहीं हो सकते इसलिए हम इसको वन इंटू ट्वेंटी नाइन लिख सकते हैं या ट्वेंटी नाइन लिख भी हम छोड़ सकते हैं यानी कि हम सेवेंटीन के जो गुणनखंड थे उसमें हम सिर्फ सेवनटीन लिखकर छोड़ सकते हैं या ट्वेंटी के गुणखंड में हम ट्वेंटी थ्री छोड़ सकते हैं या ट्वेंटी के गुणखंड में 29 लिखकर छोड़ सकते हैं या फिर गुणा में हम 1 भी लिख सकते हैं समझ में आया होगा अब देखिए कि अगर एच सी एफ निकालना तो एच में तो कॉमन ट कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए और कॉमन फैक्टर्स देखो इन सब में केवल और केवल 1 ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है क्योंकि न 17 तीनों में है न 23 है ना 29 है यानी न्यूनतम घातों के हिसाब से देखा जाए तो सेवनटीन की घात यहाँ एक है लेकिन बाकी सब जगह जीरो 23 की गात यहाँ एक है लेकिन बाकी सब जगह जीरो और 29 गाती की नाइन का एक है बाकी सब जगह जीरो तो एक को हम इसलिए नहीं लिखते नॉर्मली कि एक अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती लेकिन अगर कोई संख्या कॉमन नहीं है कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो फिर एक ही ऐसा नंबर बचता है जो कॉमन फैक्टर होता है सभी के लिए इसलिए जहाँ हमें लगे कि इसका एस हम नहीं निकाल पा रहे हैं कोई भी फैक्टर हमें कॉमन नज़र नहीं आ रहा है और कोई भी आबाजी संख्या हमें कॉमन नज़र नहीं आ रही है तो वहाँ पर एस हमेशा कितना होगा एक अब एलसीएम के लिए एलसीएम के लिए अधिकतम घाट देखते हैं देखो सेवनटीन के अधिकतम घाह एक होगी ट्वेंटी थ्री की अधिकतम घात एक होगी ट्वेंटी नाइन की अधिकतम घात एक होगी मतलब सेवनटीन इंटू ट्वेंटी और अब बचा हुआ काम है कि इनको गुणा करके हमें लिखना है जैसे ट्वेंटी नाइन को हम सबसे पहले ट्वेंटी थ्री से गुणा करें कितना होगा तीन को नौ से गुणा करेंगे सत्ताईस बचेंगे दो तीन को दो से गुणा करेंगे छः और दो आठ दो को नौ से गुणा करेंगे अट्ठारह बचेगा एक दो को दो से गुणा करेंगे चार और एक पाँच तो यहाँ पर सात होगा यहाँ आठ और आठ सोलह होगा और यहाँ पाँच और एक छः होगा छः सौ होंगे और फिर हम सत्रह से गुणा करेंगे तो सात को सात से गुणा करेंगे उनचास मतलब चार सात को छह से गुणा करेंगे बयालीस और चार छियालीस सात को छह से गुणा करेंगे बयालीस और चार छियालीस एक को सात से गुणा करेंगे सात एक को छः से गुणा करेंगे छः एक को छः से गुणा करेंगे छः तो यहाँ पर देखो नौ आएगा यहाँ सात और छः तेरह या छः और छः बारह और तेरह और चार और दस और एक ग्यारह तो फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा ग्यारह हज़ार तीन सौ उनचालीस इस तरीके से हम दिए गए क्वेश्चन का एस भी निकाल सकते हैं और एल भी निकाल सकते हैं फिर से बता दूँ एक बार कि जहाँ पर कोई संख्या ऐसी हो जो कॉमन नहीं है यानी कि फैक्टर कॉमन नहीं गुणनखंड कॉमन नहीं है एक जैसे गुणनखंड नहीं है उस केस में हमेशा एच सी एक होगा क्लियर अच्छा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे